हेलो गाइस गुड मॉर्निंग राम राम सभी को कैसे हो आप सब आई होप आप सब सही होगे गाइस आज मौसम थोड़ा ख़राब है बादल हो रखे हैं और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है तो गाइस जैसे आपको मैंने कल व्लॉग में बताया था भी अमन का जन्मदिन है आज और अभी हम उसके पास जाएंगे तो पहले मेरी मम्मी ने बोला था भी बिल जमा करा के आओ तो बिल जमा कराने जाऊँगा फिर उसके बाद अमन के लिए सरप्राइज़ है को पंचकुला से कुछ सामान भी लेके आना है पंचकूला या मनी से जहाँ से भी मिलेगा वहाँ से लेंगे फिर आगे -आग वो लोग गाइस आप देखो तो चलो गाइस चलते हैं <प्रेण> तो दोस्तों ये एचएमटी के अंदर यहाँ पे जो बिजली की बिल है यहाँ पे जमा होते हैं तो अभी मेरा छोटा भाई है वो अंदर गया जमा कराने के लिए वो भी आता ही होगा तो भाइयों जमा करवा दिया है बिल अभी पिंजोर चलते हैं गार्डन के बहरा मन खड़ा हुआ उसने पंचकुला जाना है में, किसी काम से तो चलो चल ठीक है, थोड़ी है? वो भाई थोड़ी जाए इतना बढ़िया तो कपड़े डाल रखे हैं चल ठीक है बाद में क्रॉस <laughs> आज फिर रात पार्टी करनी है और करना <laughs> आज नहीं आज पिपा इतना राशन खा जाएगा इतना राशन खा जाएगा किसी ने सोची सोच ही नहीं, <laughs> नहीं। <laughs> जो आन दे द्यास। द्यास। त, त, त, तीन प्लेट फुल बटर जयो <laughs> पीर बाबे की होर मार दे दो बारी नहीं बात वे माथा टेक अपनी ग्डी अब मन के लेके के लेने जाएंगे अलग और भी गड्डी चल तो भाइयों अब हम रेडी हो चुके हैं नितिश भी रेडी हो गया और मैं भी अब हम अमन के लिए केक लेने जाएंगे हमारे यहाँ पे एक शॉप है केक टावर के नाम से वहाँ पे एकदम फ्रेश केक मिलेगा बिल्कुल एकदम फ्रेश पंद्रह मिनट के वो साथ के साथ बना के देगा हमको और फिर अमन को कॉल करेंगे फिर हमने एक जगह आया वहाँ पर प्रोग्राम करना है हमने तो आगे का अब आपको वहीं पर दिखाएंगे तो चलो गैस उसके लिए केक लेने चलते हैं तो तो तो ये ये ये ये रहा वो वो टावर अभी से हैं लेके लेके शू और एक अच्छा यो छोटे है कर दे यार फिर कोई और चक्का ਦੇ ਲੈ ਕੋ ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਪਰ ਕੋਸ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਬਿڑا ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਾ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੋ ਟਾਈਟ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਜਾ ਨਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਆ ਰਿਓ 350 ਚੱਲ ਚ 350 300 ਰੁਪਏ ਕੇ ਆ ਰਿਓ ਇਹਦੇ 500 ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਬਣ ਜਾਣ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ फिर ऐसे ऐसे में दिखा दे यार यार यार एक एक वाला वाला वाला ये ये ये हार्ट क्या पे पे आ, इस मैं क्या इसके अंदर सामान है है है भी फ्रूट मिक्स का रेड रेड ना ना यो ठीक है दिल आला कर दे ये क्या हो भाई वैष्णु खराब नहीं ओ खराब थोड़ी तो गिरा नाम ना भाई हाँ, एक बार मेरा बेटा लिख दी दीर भोग के क्या लिखा बतावर बी थोड़ा चक्कर कोई ना दिख जाना दिखा ला दे भाई कलाकार है पूरा कोबरा पांडे पांडा ले कोबर अंगरेजी अंग्रेजी कोबर <laughs> है अंग्रेजी <laughs> है मैं मैं मैं मैं YouTube चेक कर रहा रहा रहा पांडे पांडे वाला वाला वाला वाला केक केक मिल मैं देख रहा मैं मिल मिल ना देख था था कह कोबरे कोबरे कोबरे पर क्या क्या है गाइस गाइस ले लिए हैं पता मतलब है गोत गई लगता आई Yeah. ओ यार, नहीं लिखा था। <laughs> <laughs> तो गाइज <पंचे> <laughs> तो हमने केक ले लिया है एक नीतीश ने लिया है एक मैंने और मैंने अपने आले पर लिखवाया मेरा बेटा और इसने लिखवाया कोबरा हम हम क्या क्या सोच रहे थे लिखवाने के लिए क्या और पर पर हमने नहीं, पर हमने तो नहीं ये लिखवा लिया तो गाइस उसके पास चलते हैं अभी करी फोन कर उसको जल्दी क्या होगा जो जो हाथ टावर टावर टावर टावर पे पे पे पे बैठा बैठा बैठा है है क्या क्या ओ ओ हेलो मैं कह नहीं वो जी पहले चकला। अच्छा पिछे? पिछे रोहित के पीछे पिछे <laughs> <रहा> <laughs> अच्छा पीछे थोड़ी वो चल आ रहे हैं हमें ठीक है कहां मिलना बता पे मैं था था इधर इधर यार यार पिंजोर पिंजोर यो आए थे अब बंदे देना था कोई तेन पता है ये काम का तेन पता ही अपने काम का ब्लैक है तेरा यार नहीं चल ठीक है ओके <गंडू>। तो गाइस उसको हमने कॉल कर लिया वो अभी कॉलोनी के अंदर ही आ रहा तो तो <laughs> तो है, है अब हमको तो, भाईयो, भाँ भाँ भाईयो। आहा, तो आ गया, और अभी हमारे साथ के जो लड़के है वो आ रहे हैं अभी बाइक लेने के पार्टी इंजेक्ट में तो दीपक आज इतने राशन खा जाएगा इतना राशन खा जाएगा किसी ने सोची नहीं होगी और ये इतनी पीज पी जाएगा ये भी नहीं किसी ने तो तो क्रॉस क्रॉस गाइस अमन आ गया ये छोकरे आ गए अपने साथ के तो ये भाइयों तीन शैतान हमारे साथ के चल आगे चल चलो चलो ओके चलो चलो तो भाइयों इन्होंने हमको गार्डन पे आने के लिए बोला गार्डन पे पिंजोर बैठो भी बैठो बैठा की कर दिया पे असि की करते लड़े गा कि गए ओ ओ ताक ताक ताक ताक में तो में तु तु वो में ठीक है आ आ जाओ पे पे तू चल जाएंगे उनको नहीं पता रास्ते रास्ते तो तो गाइस गए गए अपने साथ के दोस्त बच्चे खो थे हमारे गया जय प्रमा <laughs> नहीं चार गेंगे। गेंगे। <laughs> और केक यार। केक कटने कट केक का गा। चलो भाई भाई बॉय ओ काम हो। मारे मोरे ना खा लियो ठीक <laughs> <वो मारे laughs> है ना मारे मोरे ना केक है क्या कर मूहरे होना नाना है सोना सिस्टम है ना वो ना ना बहरा ठीक है यार बहरा ठीक है चल इन बैठ फिर सोना सिस्टम है भाई वो आला कम करते नितिश सिस्टम सिस्टम नो फेक ओरिजिनल कररिजिन इधर भी घंटा सुना सिस्टम बढ़ाया इधर बैठ दो सुनो, जिन्होंने जिन्होंने पीनी हो होएगी उनको खिला पिला दो यार, क्योंकि मैं तो चल रहा हूं जिम वे जिम हूं, मैं ऐसी तो चीज़ें नहीं खाना पीता <laughs> मेरे बाल ही नहीं खाता कद भी ओ भाई कार्ड दिखा दे हां ज़बा यार इसके कार्ड दिखा इस की अपना मुंह तो दिखा दे ले मेरा सारे योग दिन तो येो नका ही YouTube पे जाके क्या दिखाई देगा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे Happy birthday, dear yeah. man. Yeah. Happy birthday, my dear son. La, baby, up on the top. Oh, oh, pants are getting gathered. What are you doing? La, baby, check here. Come here, up. Happy ah, birthday yo. to you. Oh my God. I have Rs. 100. What a mess. You are wearing a suit. नहीं जाके। जाके। जाके। आ, नहीं नहीं आ लो तो फिर फिर फिर देखोगे चल बाहर बाहर जा वो साले नहीं है करना करना और यार अभी खेल हो गया तुमने तो केक मत दी चिटेक है ओ <laughs> ओ भाई भाई भाई का लोग नहीं ले ले आप पे लाड़े में ट हो रहा है वैसे ਉੰਦੇ ਦੇ ਗਾਣ ਮਹਾਨੇ ਨੇ ਆ ਲੈ ਲੈ ਲੈ ਲੈ ਇੱਕ ਦਵਾਰਾ ਲੈ 0749 ਆ ਚਲ 49 ਤੋਂ ਬਲੋਕ ਕਰਾਉ ਚੱਟ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹਾ ਭੈਜੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਥਾਲੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਉਹ rahul gale vi le ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਲੋ ਭੈਣ ਜੋ rahul ਖੜਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਫੇਰੇ ਸਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ gale ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਚਲੀ ਵੀ ਥਾਰੀ ਓ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਕੇ देखो राजा क्या नाम है तेरा फोटो खींच दी तू काश मैं तेरे वेन भूल गया होंगे जो प्यार मेरा हो रहा वो मैं किसी और डुल गया हे दिल्ड दर्द बथेरे नहीं जा मेरा जी तो भाईयो आज के वो लोग अगर आपको अच्छा लगा तो उसके लिए कमेंट करना तो आपको मिल बाय और आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर तब तक के लिए एंजॉय करें इस ब्लॉक को बाय बाय <laughs>